hi guys hi guys all guys all guys kya haal hai ek bada bada usko na le chhod man roye dekhate diabetic and so